रोल्ज रोइज दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार है इसका नाम लेकिन क्या आपको पता है कि रोल्ज रोइस की कारों के पहियों में लगा हुआ आर का लोगो पहिया घूमने के साथ कभी भी उल्टा नहीं होता वो हमेशा सीधा रहता है अगर आपने कभी गौर किया हो तो जितनी भी कार कंपनीज हैं वो अपनी कार के पहियों के बीचों बीच कार का लोगों लगाती हैं लेकिन जैसे ही पहिया घूमता है लोगों भी उल्टा हो जाता है लेकिन रोज रोइस की कारों में ऐसा मैकेनिज्म यूज किया गया है जिससे कार का पहिया घूमने के बावजूद भी आर का लोगो हमेशा सीधा ही रहता है इससे रोल्स रोइस कंपनी यह संदेश देना चाहती है कि कंपनी हमेशा ऊंचाइयों और सफलता की तरफ देखती है क्या ये इफेक्ट आपको इसके पहले तक पता था और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा